तो दोस्तों से क्या है आप साहब देखिए आप सब बढ़िया होंगे आगे भी बढ़िया रहे नहीं। आज की इस वीडियो में हम कहने वाले हैं वन ब्लॉक माइंड क्राफ्ट में तो चलिए गेम को स्टार्ट करते हैं और इसमें कुछ नहीं यहाँ पर हमें तोड़ना पड़ता है कुछ ऐसे ऐसे करके इस ब्लॉक्स को तोड़ना पड़ता है और ये बॉपरे पहले इंसटमेंट बुक दे दिया इसका वैसे मैं कल क्या फिर भी कट लेते हैं हम लोग से तोड़ देता हूँ और बात में हमें ज़्यादा चाहिए होगी इस डेड को ही तोड़ना चाहिए मैं फास्ट फॉवर्ड कर देता हूँ लेवल चेंज हो गया वो मैं तो फास्ट फॉरवर्ड करने वाला था और यहाँ पर लेवल भी चेंज हो गया चलो कोई बात नहीं फ़ास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं ओके तो अभी हमें यहाँ पर और भी ब्लॉक्स लगाना पड़ेगा क्योंकि अपना घर यहाँ पर मुझे एक प्लेन प्लेस बनाना पड़ेगा और ये मैं खुदाई करते वक्त ये भी मिल गया मुझे तो इसे ही यहाँ पर रख लेते हैं हम लोग कोई बात नहीं हमारे घर में ये भी रहेगा और ओके ओके ओके तो कोई बात नहीं फिर से खुदाई करते हैं हम लोग और ये क्या सॉलिड लगती है यार चल जुटे मैं यहाँ पर काम करने वाला ओके हाँ और कीमती कीमती सामान जो है जैसे की और ये और ये और ये बस इतना ही है मैं ओके इंतजार पर लगाऊंगे तुम्हें यहाँ पर ओके और चलो तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर तुम्हारे पिछवाड़े पर मारू कैमरा अभी लग गया ओके सॉरी रे गलती से लग गया मैंने कुछ नहीं किया अरे मुझे क्या रहा है तू मैंने कुछ नहीं किया मुझे इसका ऊल चाहिए हरामी हो और से, से, से, मार दूँगा अरे यार फूल भी नीचे गिर गए और तू यहीं पर ही रहेगा ओके मेरे साथ यार में कोई काम करना है तो करो मैं तो अपना काम करने वाला हूँ अभी तोड़ो और शवर से कितना जल्दी जल्दी टूटता है ये बार देखो हो गई कर ऐसा लग रहा है कि फास्ट फाउट किया तू जा नीचे। वैसे मैंने बेचारी को मारे नीचे फास्ट फाउड किया है कुछ नहीं अभी तो अरे अभी के सारे चावल है अरे हर चाहिए बेचारी को गिरा डाले कोई बात नहीं तोड़ो सबु चावल तो तो तो से एक्स एक्स बहुत ही देर होने वाला है मुझे चिकन चिकन चिकन देख तेरा दोस्त आ गया समझ रहे हो ओके तुम दोनों साथ में रहोगे आज समझ रहे हो आप रहोग तू जा और मेरे को अपना काम करने दे और तू अपना काम कर अरे मुझे माइनिंग करने दे यार अच्छा अच्छा व्हीट मिल गया तुमको कितना तकलीफ है भाई तू भी हट जाए यार अरे तुम लोग क्या सपरेट सेट बोल ऊँ से ऐसे बनते रहे तुमने सोचा सोचा पूला बना देता है अरे शवल ही तो कम किया शवल टूट गया यार फिर से शवल बनाना पड़ेगा बन गया नया शवल बन गया आज करेंगे ऐसा और ये दिखने में भी ओपी लगता है तरह इसीलिए मेरा मैं इस... मैं पूरा अरे हट अरे यार मेरा काम करने दे तू कहां पर है भाई अरे यार तुम लोग क्या समझे मेरे को इसे मिल नहीं है इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास नमस्कार देख तेरा भाई है यहां पर बार बार झूठ बोलो जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो इसका नाम है मशरूम का इसका नाम है काओ ही ओके चाहिए तो मुझे पूछते और ये ये मैं गलत नहीं हूँ तो ये बोन का ब्लॉक है ना नहीं ये बात में देख लेता हूँ खुदाई तो करते हैं अरे पेड़ी मिल गए तो अरे वगैरह वगैरह तो दो दो चेस्ट दो बाई। अरे Five hours later. तो दो का सामान चोरना नहीं चाहिए ट्री का सामान छोड़ा तो पाप होता है और मेरे को पाप नहीं करना और वो इतना लोग होगी यार के लिए तो ट घर बनाते वक्त मैं बूढ़ा हो जाऊँगा मेरे चैनल में चैनल में कुछ नहीं कुछ नहीं मुझे और भी लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो घर है थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए और भी दोनों चेस्ट और ट्राफ्टिंग टेबल का भी मैं अपने घर के अंदर ही लगा ऐसे ऐसे ओके ओके कोई बात नहीं बड़ी बड़ी क्या बोलती है, है। अब कुछ भी हो बड़ी बड़ी छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती है इसके लिए टेंशन नहीं लेने के और आपको लग रहा है कि मैं इतना स्लोली स्लोली मेरा मतलब बहुत ही धीरे बोल रहा हूँ तो लो लाउड मेरा वाजफुल हो गया अभी तो मुझे वाला नहीं है एक गाय अरे हट रे तो तोड़ो, तोड़ो तोड़ो यार इसमें कच्चा बढ़िया चर्च मिल जाएगा नया हमारे लेवल लिए वाला प्रोजेक्ट तो बढ़िया होगा बढ़िया हो कुछ तो तो भी हो अच्छा होगा अच्छा होगा काफ़ी है मैं अपने नन्हे हाथों से तोड़ रहा हूँ सवाल भी यूज नहीं करान दे यार एवं अनलक भी ना इसका तो मैं सवाल वाली खेल रहा हूँ तोड़ो तोड़ो। तोड़ो तोड़ो तोड़ो तोड़ो। यार यार पेड़ पेड़ का का मैं क्या यार। अरे वो अरे क्या अरे अरे बाप रे ये करी भाई लोडे ला। लोडे ला। लोडे ला। अरे यार ये क्या ग्लीचता अरे यार मेरा साफ सामान चला गया और कोई बात नहीं जो कीमती सामान था अरे एक ये चेस्ट कहाँ से आ गया वैसे? अरे यार ये लोग चीटिंग करते हैं मेरे लोग अरे चेस्ट कैसे आ गया यहाँ पर कोई बात नहीं इसे खाना था और मेरा चेस्ट यहाँ पर है इसके अंदर मेरा कीमती सामान है बच गया वरना तो मेरा कीमती सामान उ चलो तू भी जा अंदर तू भी तू नहीं थोड़ी तो से अरे यार ये क्या लीचता यार मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दो अगर आपने भी ये सब लीच सामा है तो प्लीज बता दो यार तू हट यहाँ से।, से नहीं क्योंकि मेरे पास इतना अच्छा अच्छा सामान था अरे यार कितना सारा वोट था कितना सारा कुछ भी वो था भी तो ये हो चुका है मेरा डाइवे और वहाँ पर सनराइज भी हो गया यार कितना खूबसूरत लगता है अभी डरती मिल गया यार रफ वाले लेवल में जाओ रॉक मतलब स्टोन का स्टोनेज में जाओ आग आग में और एक्स में जाइए और एक्स से हम अपने घर को तोड़ेंगे और बनाएँगे और फिर से बनाएंगे और फिर से तोड़ेंगे ऐसे करते जाएंगे तो हमारा बाहर बन जाएगा ओके मेरे पास अभी है जोश बोलने पर और मुझे अभी बहुत सारा काम करना है मेरा अपना घर बनाने तो अपना घर बनाने के लिए हम रेडी हैं तो इतना लेवल किया है हमने पहले से ही अभी हम जोश है हमारे पास है जोश जिसका नाम वर्ल्ड फेमस है और वही है मेरे पास नहीं है अभी अरे यार मेरा वॉइस देख के पता चल गया होगी कि मेरे पास कोई जोश वोश नहीं है तो ये मंच का ये लेवल और अभी हम क्या करेंगे अभी हम कुछ ऐसे और एक ऐसे एक और चार चार टेबल की तरह हो गया यार कोई बात नहीं धीरे धीरे मानिया गया और अभी हम इसे भी तोड़ देते हैं और अंदर लगा देते हैं बातें लगाएंगे अभी अभी पहले हमें एक डोर चाहिए यार यहाँ पर ऐसा डोर और ये परफेक्ट डोर है हमारे घर के लिए तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है और अभी हमको प्लक्स चाहिए जो कि कॉर्नर में लग क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम लग है यहाँ पर हमें डर का बना पड़ेगा की तरफ को पता होगा मूप तो डर से बनाते है क्या तेजी से कर रहा हूँ यार ओह यहाँ पर देखो बैड रहा था गया यहाँ पर टाइम से इसका मतलब ये है कि अब स्टोन आ जाने वाला है यार अरे वन ब्लॉक पे हमारे स्टोन आ जाने वाला है ये बल्ले बल्ले मैं तो नाचने लगा जाऊँ बल्ले बल्ले बल्ले बल्ले अब तो भांगड़ा कर लेकर चलना वो स्टोन आ जाए देखो स्टोन आ गया अरे यार मैं बता नहीं सकता कि कितना खुश हूँ मैं और मेरे पास एक एक इसे तोड़ो तोड़ो यार स्टोन आ गया अभी मेरा स्टोन बनेगा और आयन भी आएगा कितना सारा यार ये तो मेरा घर बनाने के लिए तो परफेक्ट है यार परफेक्ट है सब कुछ उठा लो फिर सामान है आप यार आपको पता ही फ्री का सामान जो होता है उसे छोटा पाप होता ये यार तुम कि बीच में आते हो मेरा पूरा होने दो भी और डेवलपुर आ गया यार कोल आ गया आयन को इससे तोड़ेंगे हम ये वुडन टिक और ओ बन गया हमारे स्टोरेंट का टिकट इससे हम आयन तोड़ेंगे तो हमारे पास आ चुका है आयन तोड़ो यार कितना आयन मिलेगा मुझे ये देखना पड़ेगा अभी आयन आयन आयन, आयन। सिर्फ अरे तुम लोग जाओ तुम लोग बाद में आओ आयन आ जाए यार ई नयन बस काफ़ी है मेरे लिए और बाद में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आयन आ आयरन आयरन आयरन आ, आ जाए ओ आयरन मैं आ गया अभी सिर्फ एक आयरन चाहिए मेरे को और मैं आयरन का टिकट्स बना सकता हूँ अभी यार पर आयन को भी मैट करना पड़ता है इसके लिए हमें क्या कर हैं और फाइनल के लिए तो हमें स्टोन लगता हैं और स्टोन के लिए तो हमें टिकट्स लाते हैं जो कि हमारे पास ऑलरेडी है वाह! यार।, यार, इतना वेट करने के बाद थोड़ा अंदा लगा देती इतना फास्ट फास्ट काम कर रहा मैं। जाओ जो इसे अंदर लगा देता हूँ कुछ अंदर जाओ कुछ ऐसे लगाता हूँ और ये चाहिए। तो हमने यहाँ पर भी बनाए हैं और आयरन मैट होने के लिए भी रखा है और ये, ये आयन हमारे पास है जो कि की हमने कीम की तो कितना क्यूट सा गर का तो आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद तो थैंक यू फॉर वाचिंग, गुड बाय अगली वीडियो में हम मिलते हैं तब तक के लिए देखते रहिए पहले वाली वीडियो A full twenty-seven double deck, three straight pile on. When I run from a ticket, always got a tie on. on. Washing cash, bank house, laundry day, and run. Wear a suit to riot in the store when I triumph. <laughs>